ना हो कभी करीब तू हमेशा पासता के साथ पास जन्म भी देखता मैं तेरा रास्ता जो भी है सब मेरा तेरे हवा चल दिया जिसम का वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना